अभी अभी दोस्त बने हो दिखाएंगे बड़ा शौक है तुमको गैंगस्टर बनने का बनवाएंगे कलेजा झुनझुन्ना वाला रख के मुन्ना भैया बनने चले हो तो सबसे पहले तो तुम्हें एक बात बताई जाए कभी सामने से सा गोली चलते देखी है? नहीं भैया अब मान लो तुम पर चलाई जाए